प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास के लिए सोलह घन फीट रेत फ्री दी जाएगी फ्री रेत के लिए वाउचर जारी किया जाएगा फ्री रेत का यह ड्राफ्ट माइनिंग कारपोरेशन ने बनाया है जिसे जल्दी मंजूरी मिल जाएगी यह ड्राफ्ट सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में सरकार की सोलह घन फीट रेत फ्री देने की तैयारी है फ्री रेत के लिए वाउचर जारी किया जाएगा यह वाउचर दिखाकर योजना के हितग्राही अपने पास के खदान से रेत ले सकेंगे फ्री रेत का यह ड्राफ्ट माइनिंग कारपोरेशन ने बनाया है जिसे कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल सकती है आपको बता दें आवास बनाने की लागत बढ़ गई है यदि हितग्राही को रेत मुफ्त में मिल जाती है तो उस पर भार कम आएगा। वाउचर दिखाकर स्थानीय रेत खदान से तय मात्रा में रेत ली जा सकेगी रेत खदान के कॉन्ट्रेक्टर को भी कोई रॉयल्टी नहीं देना होगा हम आपको बता दें यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है क्यूँकी यहाँ हितग्राही पीएम आवास का निर्माण खुद करते हैं